तो बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर इस मॉडल पेपर को बहुत ही आसानी से और आसान भाषा इसको सरल करेंगे हिंदी में इसको सरल करेंगे 100 व्याख्या के साथ माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल पत्र परीक्षा 2022 विषय दस इसका भाग को हम सरल करेंगे अब हम क्वेश्चन चार को सोल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और एक तो का महत्तम समाप्त ज्ञात कीजिए तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसका बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं तो हमारे पास छोटी संख्या 90 है और बड़ी संख्या एक है तो 90 का भाग देंगे एक के अंदर इस प्रकार जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा जिससे भाग देंगे वो हमारा एसिए होगा देखो नब्बे और एक सौ छमालीस में से बड़ा कौन है एक सौ तथा छोटा कौन है नब्बे तो नब्बे का भाग देंगे एक सौ चौवालीस में ये देखो नब्बे का भाग एक सौ चौवालीस में देंगे तो कितनी बार गया एक बार गया और ये जो पिच हमारे पास कितना बच गया चौवन शेष बच गया फिर हम वापस चौवन का भाग नब्बे में देंगे तो नब्बे में से चौवन गया ये बज गया हमारे पास छत्तीस अब वापस हम छत्तीस का भाग इसमें देंगे चौपन के अंदर तो जब छत्तीस का चौपन में भाग देंगे तो एक बार गया और चौपन में से छत्तीस गया ये हमारे पास बच गया 18. अब हम 18 का भाग वापस छत्तीस में देंगे तो ये कितनी बार गया 18 दू ने दो बार मतलब पूरा पूरा भाग चला गया इसका मतलब अठारह हमारे पास क्या आ गया महत्तम समय पर तो क्या गया अब देखो क्योंकि अठारह का भाग पूरा पूरा चला गया छत्तीस में तो हमारा मैसअपे कितना आ गया इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया नब्बे और छीस का मै सपे अठारह मतलब यूक्लिड विभाजन विधि में छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते जाएंगे जब तक तो पूरा भाग चला जाएगा लास्ट के अंदर जो बचेगा वही हमारा क्या होगा एसम तक यहाँ जब हम 90 नब्बे तो अठारह समक में में तो अब हम क्वेश्चन करेंगे हमारे क्वेश्चन है दीघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस पंद्रह के शून्य ज्ञात कीजिए तो देखो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें गुणनकट विधि का प्रयोग करेंगे तो गुणनखंड विधि में क्या करेंगे जो हमारे समीकरण है उसको शून्य के बराबर कर देंगे तो ये माइनस टू एक्स 15 पंद्रह जीरो अब हमें क्या करना है इस टू एक्स के फैक्टर करना है। तो अब हम क्या करेंगे एक्स स्क् के गुणांक को मतलब का गुणांक एक है और इसको गुणा करेंगे माइनस पंद्रह को मतलब गुणा करने पे तो हमारे पास आना चाहिए माइनस और जोड़ने या घटाने पे हमारे पास आने चाहिए -2 तो, तो इसके हम टुकड़े सोचेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का पाँच और प्लस का तीन क्योंकि जब माइनस को प्लस के तीन से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का पंद्रह और माइनस में से प्लस के तीन को घटाएंगे तो आ जाएगा -2 तो इसके टुकड़े हो गए एक्स स्क्वायर माइनस पाँच 3X, 15, अब से जो फर्स्ट है X 5X, इसमें कॉमन ले लिया जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा X 5, और 3X 15 में कॉमन ले तो हमारे तो पास क्या बचेगा एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो अब इन दोनों को क्या करेंगे x माइनस पांच को जब जीरो के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा पांच और x प्लस तीन को जीरो के बराबर करेंगे तो x बराबर आ माइनस तीन तो लास्ट में हम x बराबर आ 5 और -3. तो यही हमारे आंसर है मतलब इसके शून्य क्या होंगे माइनस तीन और पांच मतलब हमारे पास जो दीघा बहुपद है एक्स स्क्वाइनस टू एक्स माइनस पंद्रह इसको सबसे सब पहले जीरो के बराबर करके और इसके गुणनखंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे पांच और माइनस तीन अब हम क्वेश्चन नंबर छह को सरल करेंगे निम्न रेखिक समीकरण युग को विलोपन विधि से हल कीजिए देखो विलोपन विधि से कैसे करते हैं जैसे हमारे पास ये दो समीकरण है इनमें से एक्स या वाई को गायब करना है विलोपन विधि में में या वाई से किसी गायब करना है तो सबसे सब पहले हमने ये समीकरण लिख दी टू एक्स माइनस वाई बराबर दो अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे जब जोड़ेंगे तो प्लस का वाई और माइनस का वाई तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या दो एक्स और दो एक्स चार एक्स छो हो, तो तो हो जाएगा दो अब हम क्या करेंगे इस x के मान को 2x y छ में रख देंगे ये हमने मान रख दिया दो इंटू दो प्लस वाई बराबर छ तो ये कितना हो गया चार प्लस वाई बराबर छ बराबर क्या हो जाएगा छ माइनस मतलब y बराबर आ गया दो हमारा तो लास्ट में आंसर आ गया x बराबर दो और y बराबर दो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे x और y में से दोनों को एक को गायब करेंगे और इनको सरल करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई दो और y की वैल्यू आ गई दो अब हम क्वेश्चन नंबर सात को सरल करेंगे गुणनखंड विधि से निम्न दीघा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे पास जो समीकरण है x 6 इसका हम गुणनखंड गुणनखंड करेंगे करेंगे तो देखो कैसे करेंगे? पदों का का वाला जो है, तो इसका प्लस का और का चार ये हमने समीकरण लिख दी और इसके हमने टुकड़े कर दिए टू एक्स स्क्स फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस छ बराबर जीरो देखो पहले दो पदों में से हम टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2x x एक्स प्लस और ये जो दो पद तो है ले तो अब हम इसको अलग अलग जीरो कर देंगे एक्स प्लस टू बराबर जीरोगा तो माइनस दो और टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा तीन बटा दो ये देखो एक्स बराबर और और अलग अलग जीरू कर दिया तो वैल्यू आ हमारे पास ये हमारा आंसर है मतलब इसमें क्या करेंगे विधि में हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास एक्स का वैल्यू आ जाएगी माइनस दो और तीन बटा क्वेश्चन नंबर आठ को सरल करेंगे हमारे निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं है से प्रथम पद को घटा लेंगे तेरह में से, से सात गया बचा छो तो इसका लास्ट पद एन दे रखा है दो सौ पांच अब देखो एपी का प्रथम पद कितना है ए बराबर सात बराबर बराबर आ आ 13 और अंतिम पद 205 के लिए हम एक सूत्र जानते हैं होता है ए -N -1 -D. तो का मान रख दिया हमने 205 सो ए का मान रख दिया 7 एन माइनस वन और सार अंतर हमारे पास आ गया 6 अब हम क्या करेंगे 205 में से 7 को घटा देंगे बराबर एन माइनस वन इंटू छ तो ये आ जाएगा एक सौ अंठानु और जो छ है वो इधर भाग में आ जाएगा बराबर एन माइनस वन तो जब ये भाग जाएगा तो आ जाएगा तैतीस बराबर एन माइनस वन तो एन बराबर आ गए हमारे पास चौतीस ये हमारा आंसर है इसका मतलब एपी में कुल चौतीस पद है तो समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? चौतीस पद हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर नौ को सरल करेंगे तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं है सात से विभाज्य हैं? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं तीन अंकों वाली संख्या सबसे छोटी संख्या कितनी है निन्यानो के बाद में निन्यानो तो दो अंक की है सो। क्योंकि सो में तीन अंक हो गए वन जीरो जीरो हो गया सो अब हम देखो सात से इसको विभाजित करते हैं तो सात का भाग जब सौ में देंगे तो यह जाएगा चौदह बार अंठानुफुल बचा दो मतलब पूरा पूरा नहीं जा रहा है फिर 101 में देंगे तो भी ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है अब हम क्या करेंगे 105 में देंगे तो ये पंद्रह बार पूरा पूरा भाग चला गया तो इसका मतलब हमारे पर्सन के अनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई अब हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या हमें पता है सबसे बड़ी संख्या तीन अंकों वाले होती है नौ नौ नौ नौ सौ निन्यानवे अब हम देखते हैं नौ सौ निन्यानवे सात का भाग देते हैं तो जब सात का भाग देंगे तो ये एक सौ बयालीस बार और पीछे बचा पांच शेषफल बच गया इसका मतलब हम नौ सौ चौराणु में देखते हैं तो इसमें सात का भाग एक बार पूरा पूरा चला जाता है तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई नौ तो हमारे पास जो प्रथम पद मतलब 105 और पांच और में सात सात को जोड़ते जाएंगे तो 105 और सात 112 इस प्रकार ये श्रेणी चलती रहेगी और लास्ट पद आ जाएगा नौ सौ तो इस श्रेणी में हमारे पास प्रथम पद A बराबर हो गया एक और लास्ट पद एन बराबर हो गया नौ और जो सारंत्र है वो आ गया सात 112 में से 105 गया सात अब हम एपी के लिए फॉर्मूला जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एन का मान हमारे पास है नौ ए का मान है 105 सौ पांच एन माइनस वन और डी चार वो सात ये मान हम इसमें रख देंगे सूत्र में तो अब देखो नौ में से 105 को घटा दो बराबर क्या बचेगा n माइनस वन सात जब नौ को 105 में से घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा आठ और ये जो सात है ये इधर भाग में आ जाएगा पीछे बचेगा n माइनस वन तो जब हम इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 127 सौ सत्ताईस बराबर एन माइनस वन और ये जब माइनस का वन इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का ले एन बराबर आ जाएगा एक 28, तो हमारा लास्ट आंसर हो गया तीन अंकों वाली एक सौ अट्ठाइस से विभाज्य हैं तीन अंकों वाली कितनी संख्या है से विभाज्य हैं जब हम इसमें सूत्र लगा इसको सृ करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा ने पांच सेमी, तो से से सेमी का एक रेखाखंड खींच लेते हैं जिसको नाम हमने ए बी दिया बिंदु ए पर नब्बे से कम का एक ओण बनाते हैं तीस डिग्री का बी एस रेखा एसी को इस प्रकार पांच भागो में विभाजित कर देते हैं पांच बिंदु से बी को मिलाकर इसका कोण माप लेते हैं फिर इसी के समांतर दो से एक एक फिर इसी के समांतर रेखा बिंदु दो से खींचते हैं जो कि रेखा की दो अनुपात करती है सर्वप्रथम स्केल की सहायता से पांच सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचते हैं जिसको नाम हमने एबी दिया चांदे की सहायता से हमने तीस डिग्री का कोण बनाया ए पर तथा को समान भागों में प्रकार की सहायता से पांच भागों के अंदर इसको विभाजित कर देते हैं एक अब पांचवें बिंदु से इस केल की से बिंदु बी को मिला देते हैं और इन को नाम हम देते हैं एक दो तीन चार पांच चांदे की सहायता से पांच बिंदु बिंदु से जो कोण बनता है वो होता 20 तथा इसी के समांतर बिंदु दो से 20 डिग्री का कोण बनाते हैं जो पर बनता है तथा को अनुपात तीन में विभाजित करता है ये हमने दो से 20 डिग्री का कोण बना दिया जो एबी को दोन में विभाजित करता है तथा इसको पी नाम दिया हमने पांच सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं स्केल की सहायता से तथा तो प्रकार की सहायता से पांच भागों में विभाजित करके चित्र अनुसार इस रचना को कंप्लीट करते हैं जो कि रेखा को दो अनुपात तीन में विभाजित करती है अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सरल करेंगे हमारे क्वेश्चन है पांच तिरजा के एक वर्थ पर दो स्पष्ट रेखाए खींची जो परस्पर सात डिग्री के कोण पर झुकी हो तो सबसे पहले हम इसमें कच्चा चित्र बनाते हैं यह एक वर्थ बनाया इस पर दो स्पेशी तो जो की साठ डिग्री के कोण पर झुकी हुई है अब हम स्केल की के सहायता से पांच सेमी त्रिज्या का एक वर्त खींचते हैं तथा इस वर्त के अंदर एक छोटा वर्त खींचते हैं तथा सात डिग्री का ऊपर तथा नीचे का एक चाप खींचते हैं अब हम स्केल की सहायता से केंद्र बिंदु और इस चाप से एक तिरजा खींचते हैं ये तिरजा हम ऊपर की ओर खींचते हैं इसी प्रकार केंद्र बिंदु से स्केल की सहायता से नीचे की ओर एक तिरजा खींचते हैं अब इस तिरजा के लंब रेखा खींचने के लिए इस त्रिज्या के ऊपर हम एक अर्धवृत्त बनाते हैं प्रकार की सहायता से ये हमने एक अर्धवृत्त बना लिया अब इस अर्धवृत्त के दोनों बिंदुओं से दो चाप काटेंगे ये ऊपर की ओर एक चाप काट दिया इसी प्रकार एक नीचे की ओर चाप काटेंगे अब इन दोनों चापों से हम एक कटान बिंदु प्राप्त करेंगे तो हमने एक कटान बिंदु प्राप्त कर लिया अब इस कटान बिंदु पर स्केल की सहायता से इस त्रिज्या के लंबवत एक रेखा खींचेंगे जो कि हमें एक स्पर्श रेखा प्राप्त होती है इसी प्रकार ये कार्य हम नीचे की त्रिज्या के ऊपर करेंगे तो सबसे पहले नीचे वाली तिरजिया के ऊपर एक अर्धवृत्त खींच देते हैं अब इस अर्धवृत्त के ऊपर दो चाप काटेंगे अब हम अर्धवृत्त के एक बिंदु से चाप काटकर उस चाप से एक कटान बिंदु का चाप काट लेते हैं ठीक इसी प्रकार दूसरे बिंदु से एक चाप काटकर एक कटान बिंदु का चाप काट लेते हैं अब हम स्केल की सहायता से इस कटान बिंदु को इस तिरजिया के लंबो तेकरे का खींचते हैं जो कि हमें इस स्पेखा प्राप्त होती है अब हम इस त्रिज्या के ऊपर की ओर एक बिंदु को नाम देते हैं ए तथा नीचे वाली त्रिज्या के बिंदु को नाम देते हैं बी तथा दोनों स्पर्शेखाए जहां पर स्पर्श करती है उसको हमने नाम दिया पी जो कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है इस प्रकार हमने चित्र अनुसार पांच एमी तिरजिया के वर्थ पर दो स्प सेखाएं खींचकर खींचते हैं जो कि प्रस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो इस क्वेश्चन में 5 सेमी के एक वर्थ पर दो स्पर्श स्पष्ट खींचते हैं जो कि प्रस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है चित्र अनुसार बराबर तीन बटा चार हो तो का मान कीजिए तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे देखो ये समकोण त्रिभुज है इसके अंदर लंब आधार और कर्ण तो साइन ए का मतलब हम जानते लम बटा कर्ण बटा कर्ण में दे रखा है इसका मतलब हमें आधार ज्ञात करना है तो ये लाल बटा कका से हम इसको करेंगे साइन ए मतलब लंब बटा कर्ण ये हमें दे रखा है तीन बटा चार तो आधार हम क्या करेंगे कर्ण स्क्वयर बराबर लंब स्क् प्लस आधार के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे तो इसमें हमें लंब तो तीन दे रखा है कर्ण चार दे रखा है आधार हमें ज्ञात करना है तो ये हमने लिख दिया कर्ण का स्क्वायर मतलब चार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर तीन का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर चार का स्क्वायर में पता होता है सोलह और तीन का स्क्वायर होता है नो जब इस नो को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर तो सोलह में से नो हो गया बच्चा सात बराबर आधार का स्क्वायर तो आधार बराबर आ गए हमारे पास अंडर अब हमें कोस एक अमान याद करना है तो हम जानते हैं कोश ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण तो बराबर हमने लिख दिया आधार कितना, कितना है चार इसी प्रकार हम टेन ए का मान ज्ञात करें टेन ए का मान होता है लम बटा आधार तो लम हमारे पास तीन है और आधार है अंडूठ सात तो टेन ए बराबर हो गया तीन बटा अंडूठ सात तो हमारा क्वेश्चन था कि साइन ए का मान तीन बटा चार हो तो कौ से और टेन ए का मान ज्ञात करना है तो हमने इस प्रकार ये मान ज्ञात कर लिए जो का मान हमारे पास आया बटा चार, और टेन का मान हमारे तीन बटा अनूट सात अब हम क्वेश्चन नंबर तेरह को सोल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन ने निम्नलिखित का मान निकालिए तो दो टेन स्कोर पैंतालीस डिग्री प्लस कोस स्कोर तीस डिग्री माइनस साइन स्कोर साठ डिग्री तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टेबल से इनका मान लिख देंगे तो ये हमारे पास टेबल है और ये हमारे पास दो टेन स्कोर पैंतालीस डिग्री प्लस कोस स्कोर तीस डिग्री माइनस साइन स्कोर साठ डिग्री इनके में मान रखना है तो हम जानते हैं टेन पैंतालीस का मान एक होता है तो ये मान हमने रख दिए दो इंटू एक का स्क्वायर प्लस कोस डिग्री का मान होता है अनूट तीन बटा दो और इसका स्क्वायर माइनस साइंस आठ डिग्री का मान होता है अनूटा दो और इसका स्क्वायर तो जब ये देखो प्लस का और ये माइनस का ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या दो इंटू एक बराबर दो हमारा तो आंसर आ गया दो हमें मतलब क्या करना है टेबल से इनके मान रख देना है दो इसको पैंतालीस डिग्री प्लस इसको तीस डिग्री मान हैं इसको साठ डिग्री जब इसको करेंगे करेंगे? तो आ जाएगा okay. so, okay. uh... mm -hmm. uh... का हमारे क्वेश्चन है निम्न बंटन का माध्यम ज्ञात कीजिए हमें प्राप्तांक दे रखे और छात्रों की संख्या दे रखी है प्राप्तांक है पच्चीस पैंतीस पैंतालीस पचपन पैंसठ और छात्रों की संख्या 4, 28, अट्ठाईस 20 और 6 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इसकी एक सारणी बना लेंगे तो प्राप्त को हम नाम दे देंगे एक्सई और छात्रों की संख्या बारंबारता था एफ फिर इन दोनों का गुणनफल कर लेंगे और मध्य का सूत्र लगा लेंगे तो देखिये सबसे पहले हमने एक्स का मान लिख दिया 25, 35, 45, 55, 65. फिर हमने एफ का मान रख दिया छात्रों की संख्या का 4, 28, बयालीस बीस और छ अब हम क्या करेंगे इन दोनों का का. गुणा करेंगे और FI का. तो इंटू 4, 25 के 100. ये हमने 100 लिख दिया इसी प्रकार हम लिखेंगे 35 इंटू अट्ठाइस ये हो गया नौ 45 अस्सी पैंतालीस इनका गुणनफल इस प्रकार ही आ जाएगा अठारह फिर 55 इंटू बीस का हो जाएगा 1100 और पैंसठ इंटू छ का हो जाएगा तीन फिर हम इनके क्या करेंगे कुल निकालेंगे तो ये टोटल एफआई देखो 28 और 4 32 32 और बयालीस ये हो गया चौहत्तर चौहत्तर और 20 ये हो गया हमारे चोराणु चौराणु और 6 ये हो गया 100. तो मतलब टोटल एफआई कितना आ गया 100. इसी प्रकार एक्स एफ आई का हम टोटल निकालेंगे 100 प्लस नौ सौ अस्सी प्लस अठारह प्लस ग्यारह प्लस तीन तो इनका टोटल आ जाएगा 4460 अब हम माध्य का सूत्र जानते हैं माध्य का सूत्र होता है सिग्मा सिग्मा अब हम इसका मान रख देंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई का मान है 4460 और सिग्मा एफ आई का मान हमारे पास है 100 जब हम इसके अंदर भाग देंगे तो दो अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा छमालीस पॉइंट छ जीरो अत दिए गए बंटन का माध्य छिस पॉइंट छ जीरो है सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे एक्स आई लिखेंगे मान उसका फिर एपआई का लिखेंगे दोनों को गुणा करेंगे उनका टोटल निकालेंगे और माध्य का सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास माध्य आ जाएगा छमालीस अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन है निम्न बंटन का कीजिए। बहुल दे रखा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। तथा बारंबारता तथा के 10, 35, बावन इकसठ अड़तीस और 20। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं? सबसे पहले बहुल का सूत्र लगाते हैं तो बहुल का सूत्र होता है हमारे पास एल प्लस एफ बट्टा 2f1- f0- f2 माइनस h जीरो एच, एच होता वर्ग अंतराल तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बारम्बार सबसे अधिक कहां पर है तो बारम्बार है हमारे इकसठ अब हम देखेंगे कि इकसठ के सामने बहुल वर्ग कौन सा है तो वो है 60 से 80 तो अब हम लिखेंगे बहुल वर्ग की निम्न सीमा l तो निम्नसीमा है हमारे पास 60 अब हम लिखेंगे वर्ग माप h मतलब वर्ग अंतराल तो 80 में से 60 गया 20 इसलिए हमारा वर्ग अंतराल है 20 बहुल वर्ग की बारंबारता f1 ये हमारे पास है इकसठ अब हम लिखेंगे बहुल वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारम्बार एफ तो इकसठ से पहले है बावन तो एफ जीरो का मान हो गया हमारे पास बावन अब हम लिखेंगे वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता ये हमारे पास अड़तीस एफ टू का मान लिख दिया हमने 38 अब हम इन सभी मानों को इस सूत्र में रखेंगे बहुलक में तो ये हो जाएगा 60 प्लस इकसठ माइनस बावन बट्टा दो इंटू इकसठ माइनस बावन माइनस अड़तीस गुणा बीस बीस है वर्ग अंतराल तो ये हो गया साठ प्लस इकसठ में से बावन गया बचा नौ और जब हम नीचे वाले हर को सरल करेंगे तो ये आएगा बत्तीस गुणा बीस इसका मान हमारे पास आ जाएगा पैंसठ पॉइंट छ दो पांच अतः हमारे पास बंटन का बहुल हो गया पैसठ पॉइंट छे दो पांच इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बहुत का सूत्र लगाएंगे उसके बाद में उस सूत्र में मान रखकर हम ज्ञात करेंगे जो हमारे पास आएगा पैंसठ पॉइंट छ दो पांच अब हम क्वेश्चन नंबर सोलह को सोल्व करेंगे एक थैले में पांच सफेद वे दो लाल गेंदे हैं इस थैले में से एक गेंद यादिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रयोगता है के निकाली गई गेंद फर्स्ट है सफेद और सेकंड है लाल होगी तो सबसे पहले हम प्रायिकता का सूत्र जानते हैं कि अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति तो प्रायिकता बराबर इच्छित परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कुल गेंदे हमारे पास पांच सफेद और दो लाल है तो पांच और दो सात ये हो गए हमारे कुल संभावित परिणाम अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में सफेद गेंद के लिए निकालनी है तो हम लिखेंगे सफेद गेंद आने की प्रायिकता सफेद गेंद बटा कुल गेंद तो सफेद गेंद हमारे पास पांच और कुल गेंद हमारे पास सात तो ये हो जाएगा पांच बटा सात इसी प्रकार लाल गेंद के लिए हमारे पास लाल गेंद दो है और कुल गेंद सात है तो हम क्या लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रयक्ता बराबर लाल गेंद बटा कुल गेंदे तो लाल गेंद कितनी है दो और कुल गेंदे सात तो दो बटा सात तो अब हम इसमें क्या करेंगे शॉर्टकट हमारे पास पांच सफेद है और दो लाल है तो सफेद निकालेंगे तो सफेद ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे कुल तो सफेद के लिए हो जाएगा पांच बटा सात इसी प्रकार लाल के लिए दो है तो दो बटा सात तो दो बटा